हेलो गर्स वेलकम टू मई न्यू वीडियो तो आज मैं बना रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये बना रहा हूँ मैं आज अभी जस्ट स्टार्ट किया है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है तो वीडियो में बने रहिए मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे कैसे बनाया जाएगा बाकी जब ये रेडी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा आपको उसके बारे में बताऊँगा कैसे कैसे जब स्टेप ये बनेगा तो गाइज अब देख सकते हैं ये स्केच रेडी हो रहा है ये पता नहीं कौन है ये बट बनाना है मेरे को ये तैयार हो चुका है तो बाकी आपको कैसा लग रहा है ये स्केच कमेंट बॉक्स में बताना और मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे स्केच बनाने का तो बताइए स्केच कैसा लग रहा है और ठीक तो लग रहा है आप कमेंट करके बताना गाइस आपको इस स्केच कैसा लगा? और सॉरी मैं इसका पूरा वो नहीं दिखा पाया आपको कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे बना बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ये बट ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जब बन चुका है ये तो आपको ये कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ये वैसे किसी प्रोफेसर की तरह लग रहे हैं और गाइस आपको अगले वीडियो में आई थिंक ये देखने के लिए भी मिल जाएगा कि मैं चारकोल पेंसिल ड्रॉ करता हूँ मैं आपको दिखाऊँगा ये बाकी गाइस इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना प्लीज़